हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आलोकन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमनदीप आपके लिए लेके आयुँ राजस्थान का इतिहास देखिए पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था मेवाड़ का इतिहास हमने पढ़ लिया था आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मारवाड़ का इतिहास ठीक है तो मारवाड़ के इतिहास में जो है इसमें जैसे जोधपुर के, के बारे में पढ़ेंगे हम बीकानेर के विषय में पढ़ेंगे तो आज हम स्टार्ट करते हैं मारवाड़ का इतिहास देखिये जो मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो है ये जोधपुर वाला बीकानेर वाला नागौर का जो इलाका है ये सारा मारवाड़ का क्षेत्र आता है जैसे मैंने आपको बताया था मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र हैं आपको याद होगा ठीक है जैसे उदयपुर है उसमें राजसमंद है भीलवाड़ा है चित्तौड़गढ़ है मेवाड़ में आता है इसी तरीके से मारवाड़ में हम देखेंगे जोधपुर है बीकानेर है नागौर है मिर्ता है सिवाना है इस तरह के जो आ, जो प्रदेश है वो है मारवाड़ में आते हैं ठीक है मारवाड़ जो है ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ के जो रावसीहा जो प्रथम यहां इसके आ, क्या बोला जाता है मूल पुरुष बोला जाता है राव सिंहा को बोला जाता है तेरहवीं शताब्दी में तेरहवीं शताब्दी देखिए मारवाड़ में जो वंश है ना मारवाड़ का जो वंश है उसको बोलते हैं मारवाड़ का राठौड़ मारवाड़ के राठौड़ तो राठौड़ जो है ऐसा माना जाता है राठौड़ जो शब्द है वो दक्षिण भारत में एक वंश है राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का ये वंश है इससे बना है राठौड़ जैसे आ, रा, जैसे राष्ट्रकूट है उससे राठूड़ बन गया ठीक है राठूड़ इस तरीके से बाद में आगे चल के राठौड़ हो गया ठीक है धीरे धीरे इस तरीके से मतलब ये इसका परिवर्तन हो गया तो जो इसका मतलब जो उद्भव हुआ है इस जो शब्द का है राठौड़ वो आ, है राष्ट्रकूट से माना जाता है तो आप ध्यान रख सकते हैं कि जो राठौड़ जो है जो शब्द है दक्षिण भारत में एक वंश है राष्ट्रकूट वंश है ना जब हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो ये राष्ट्रकूट वंश की काफ़ी महत्ता आती है ठीक है वो भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम पढ़ते हैं उसको तो अगर आपसे पूछें कि राष्ट्रकूट जो है जो राठौड़ वंश है उसका उद्भव किससे हुआ तो इतिहासकार मानते हैं राष्ट्रकूट से इस शब्द की उत्पत्ति हुई ठीक है जो इसके पहले जो मूल पुरुष माने जाते हैं राठौड़ वंश के वो है मारवाड़ के राव सिंहा राव सिहा से ही इनका वंश आगे चलता है ठीक है तो सिहा क्या है एक तरह से मूल पुरुष है जो राठौड़ों के क्या है ये मूल पुरुष ठीक है ऐसा माना जाता है कि राव सिहा जो है इनका जो क्षेत्र है वो है पाली में एक जगह है गांव है बिट्ठू बिट्ठू गांव है ध्यान रखिएगा वहां पर ये रहा करते थे और इनके पिता का नाम था सेतराम और इनकी माता का नाम था सोलंकी वंश की थी वो पार्वती उनका माता का नाम था वैसे पूछेंगे नहीं लेकिन आप ध्यान रखिएगा तो वहां पर ये कहां पर रहते थे पाली में एक गांव है बिट्ठू गांव में वहां पर रहा करते थे माना जाता है कि कुछ पालीवाल बाल ब्राह्मण पालीवाल ब्राह्मण जो हैं पालीवाल ब्राह्मण है जो वो राव सिहा के पास गए देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था मेवाड़ का जब इतिहास पढ़ा रही थी मैं आपको तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे भारत पर उस समय भारत पर राजस्थान में भी हो रहे थे ठीक है और पालीवाल ब्राह्मण जो हैं जो मुस्लिम जो आक्रमणकारियों से काफ़ी परेशान थे वो चाहते हैं राव सिहा के पास कि आप हमें इन हमारी रक्षा कीजिए इन आक्रमणकारियों से तो ऐसा माना जाता है कि जो राव सिहा है वो पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई ठीक है तो मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए मुस्लिम आक्रमणताओं से भी आ सकता है आक्रमणकारियों से भी राव सिहा जो है इनकी मृत्यु कैसे हुई मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए ब्राह, पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए ठीक है तो पूछ सकते हैं किन की रक्षा करते हुए तो कौन से जाति के थे पालीवाल ब्राह्मण थे ब्राह्मण जो थे ब्राह्मण थे ठीक है तो इस तरीके से आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा राव सिहा जो थे राठौड़ वंश की जो स्थापना की थी इनके द्वारा हुई थी राठौड़ जो, जो शब्द है किस किससे लिया गया है या किस कि, किससे उद्भव माना जाता है आजकल किससे उद्भव मानते हैं तो राष्ट्रकूट से इसका उद्भव मानते हैं ठीक है कालांतर में जाके राष्ट्रकूट से इसकी उत्पत्ति हुई बाद में ये राठौड़ के रूप में मतलब जो नए रूप में आया ठीक है और ये कहाँ के रहने वाले थे ध्यान रखिएगा बिट्ठू ठीक है इनके पिता का नाम था सेत राम पूछ लेते हैं माता माता का नाम था इनका पार्वती पार्वती ठीक ठीक है है थी थी जो सोलंकी जो सोलंकी वंश की राजकुमारी थी, इतना नहीं पूछेंगे अब ध्यान रखिएगा तो ऐसा माना जाता है कि जब ये युद्ध हुआ मुस्लिम आक्रमणकारियों के मध्य और राव सिहा के मध्य में युद्ध हुआ तो उस युद्ध में लाखों की संख्या में लाखों की संख्या में जो है स्त्री और पुरुष लाखों की संख्या में जो है स्त्री और पुरुष मारे गए थे इसी कारण जो युद्ध है जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को लाखा झवर के नाम से जाना जाता है लाखा झवर ठीक है जो मारवाड़ के इतिहास में इस युद्ध को क्या कहा जाता है लाखा झवर युद्ध के नाम से जाना जाता है तो ध्यान रख ले रख सकते हैं आप कि जो लाखा झवर युद्ध का संबंध किससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाखा झवर युद्ध है किससे संबंधित है राव सिहा संबंधित है दो चार पांच ऑप्शन दे देंगे ठीक है तो आपका आंसर क्या आएगा राव सिहा संबंधित है ठीक है मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है ठीक है और कहाँ के थे ये पाली में एक जगह है बिट्ठू वहां पर के ये इतना सा ही पूछा जाता है आपसे ठीक है तो इनसे ही तेरहवीं शताब्दी में जो है स्थापना होती है राठौड़ वंश की इनके बाद जो है अगर हम दूसरे देखें जो महत्वपूर्ण जो शासक है मारवाड़ के राव सिहा के बाद विरमदेव विरमदेव जो है, विरम के वंशज हैं राव चूडा मैंने आपको राव चूंडा का नाम पहले भी कहा है आपको अगर याद हो तो जो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राव चूडा जो है मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है मारवाड़ कैसे ठीक है तो जो नेक्स्ट हमारा है वो है राव चूंडा ठीक है राव चूडा ठीक है, है ये है वीरमदेव के पुत्र राठौड़ वंश के थे वीरमदेव के पुत्र जो राव सिंह के वंशज थे विरमदेव उनके पुत्र थे राव रावचुंडा देखिए इन्होंने मंडोर जो है राजधानी बनाया था मंडोर को राजधानी बनाया था मारवाड़ की जो राजधानी है वो मंडोर मंडोर को राजधानी बनाया पेपर में क्वेश्चन आता है कि मंडोर को राजधानी किसने बनाया था सबसे क्योंकि मारवाड़ों की जो प्राचीन राजधानी है ना वो मंडोर ही है तो मंडोर को राव चूडा ने राजधानी बनाया था ठीक है और ये माना जाता है कि मंडोर जो है इंदा परमार थे इंदा परमार इंदा परिहार भी है इंदा परिहार थे उनसे इनको दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था मंडोर जो है ठीक है फिर उसके बाद में इन्होंने मंडोर को ही राजधानी बनाया इन्होंने क्या किया अपने साम्राज्य का विस्तार किया इन्होंने नागोर नागौर में एक मुस्लिम जो पठान थे उनका शासक शासन था नागौर को हराया नागौर को हराया नाडोल को इन्होंने हराया इसके बाद में मेड़ता है जो जितने भी आसपास के जो इनके मारवाड़ के जो इलाके हैं उनको इन्होंने क्या किया अपने साम्राज्य में मिलाया अपने साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया ठीक है क्योंकि यही है इनके देखो राव चूंडा तो मूल पुरुष माने जाते हैं राव सिंहा जो है वो मूल पुरुष माने जाते हैं जबकि राव चुंडा जो है एक तरह से वास्तविक अगर संस्थापक माना जाए या वास्तविक शासक के रूप में मारवाड़ के राठौड़ों के वंश के रूप में देखा जाए तो राव चुंडा का ही नाम आता है क्योंकि इन्होंने क्या किया आगे बढ़ाया वंश को और राजधानी के रूप में मंडोर को राजधानी बनाया ठीक है और नागोर है नाडोल है मेरता को जीता इनके समय में इनकी रानी है चांद कवर इनकी रानी का नाम है चांद कवर उन्होंने चांद बावड़ी देखो पेपर में एक बार पूछा गया था चांद बावड़ी जो चांद बावड़ी है वो किसने बनाई थी और ये कहां पर है चांद बावड़ी ये भी पूछा जा सकता है जोधपुर में है अभी वर्तमान स्वरूप में देखे तो मारवाड़ तो नहीं रहा तो जोधपुर ही बोला जाएगा जो है जो राजस्थान का जो जिला है तो चांद बावड़ी कहाँ पर है जोधपुर में है किसने बनाया था चांद बावड़ी चांद कंवर इनकी जो रानी थी रालचुंडा की उनके द्वारा बनाया गया था ये चांद कवर के द्वारा बनाया गया था ठीक है तो ये आप ध्यान रखिएगा ये फैक्ट्स हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता था ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हमें हमने उसको अभी सुने ही नहीं है तो अब ध्यान रखिएगा चांद बावड़ी एक पूछा भी गया है एग्जाम में ठीक है इसके बाद में जो राव चूंडा जो है इनके मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है ठीक है इनके चौदह पुत्र थे आपने रणमल का नाम सुना है मैंने आपको इतिहास था, था उन और इनकी एक ही पुत्री हंसाबाई बताया था, था मैंने आपको हंसाबाई हंसाबाई जो है वो उनकी एक पुत्री थी ठीक है और इनके चौदह पुत्र थे रणमल था उसमें से एक ये क्या करते हैं कि इनकी एक और रानी थी किशोरी किशोरी कंवर ठीक है उनका नाम था किशोरी कंवर देखो रानियों के नाम इतना आता तो है नहीं लेकिन आप ध्यान रखिएगा बस इनके कहने पर किशोरी जो है कंवर के कहने पर राव रामचूडा जो है अपने बड़े पुत्र रणमल को रणमल को उत्तराधिकारी घोषित न करके अपने छोटे पुत्र काना क्या क्या काना को क्या कर देते हैं उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं तो ठीक है तो ध्यान रखिएगा रणमल जो है इनका ज्येष्ठ पुत्र होते हैं राव चोंडा के उनको उत्तराधिकारी घोषित न करके काना को क्या कर दिया जाता है महारानी के कहने पर इनकी रानी के कहने पर किशोरी कंवर के कहने पर ये काना को क्या कर देते हैं छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं ठीक है इसके बाद में आपने देखा होगा कि रणमल इनके बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो रणमल हैं काना भी जो है इसका थोड़े समय तक ही चलता है लेकिन क्या होता है रणमल जो होता है मेवाड़ में होता है तो मेवाड़ की सेना की सहायता से जो है मेवाड़ की सेना के सहायता से मंडोर को जो मारवाड़ का जो इसका जो राज्य है उसको प्राप्त करता है तो आइए देखिए हम तो नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक हमारा कौन सा आ जाएगा रणमल काना बनता है लेकिन काना को हराकर जो है रणमल जो है मंडोर को प्राप्त कर, कर, कर लेता है मारवाड़ पर शासन स्थापित कर लेता है हाँ तो इसका शासन का जो समय है वो है देखो चौदह तक की है इनका शासन है ना क्योंकि चौदह में इनकी मृत्यु हो जाती है मैंने आपको पहले बताया हुआ है इनके बारे में ठीक है तो रणमल है जो महत्वपूर्ण शासक बनते हैं इसके बाद में राव चुंडा के बाद में और ये मंडोर को पुनः प्राप्त करते हैं मंडोर पर अधिकार ठीक है मेवाड़ की सेना की सहायता से मेवाड़ की सेना की सहायता से मैंने आपको बताया था कि जो रणमल है वो मोकल के भी संरक्षक थे और जो है महाराणा कुंभा उनके भी संरक्षक थे ठीक है तो महाराणा कुंभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सामंतों के कहने पर रणमल की हत्या भी करवाई जाती है आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए मैंने आपको बताया हुआ है रणमल के बारे में कि जो हंसाबाई है जो राणा चूंडा है वो जो मालवा मालवा में चले जाते हैं उसके बाद में जो रणमल है मेवाड़ में जो मोकल की सहायता के लिए राज्यकार में मोकल की सहायता के लिए मेवाड़ मारवाड़ से कहां पर आ जाते हैं मेवाड़ में आ जाते हैं ठीक है और इनकी हत्या कर दी जाती है चौदह में रण रणमल की कुंभा द्वारा ठीक है तो इस तरीके से ये मेवाड़ को मारवाड़ को प्राप्त करते हैं मेवाड़ की सेना की सहायता से इनके विषय में इतना ही ध्यान रखिएगा और ये हंसाबाई जो है हंसा भाई के भाई हैं ये ठीक है और ध्यान रखिएगा दो मेवाड़ के दो शासक शासक हैं जो कुंभा और मोकल दोनों के संरक्षक थे पूछा गया एक बार क्वेश्चन कि ऐसे कौन से दो शासक हैं जिनके संरक्षक रणमल थे तो ध्यान रखिएगा एक तो है मोकल ठीक है और दूसरा है महाराणा कुंभा ठीक है मोकल जो है इनके पिता है वो महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा के बाद में जो सॉरी मोकल के बाद में जो है कुंभा बनते हैं नेक्स्ट शासक मेवाड़ के इतिहास में आप देख लीजिएगा सारे वीडियो मैंने आ, आपको सारे एक एक शासक के विषय में पूरा डिटेल से बताया हुआ है आप पुराने वीडियो को देखिएगा तो मेवाड़ के इतिहास के बारे में भी आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ठीक है इनके बाद में जो है नेक्स्ट शासक जो बनता है वो है राव जोधा देखो इन्हीं के नाम से जोधपुर नगर की स्थापना हुई थी राव जोधा के नाम से ही ठीक है जो नेक्स्ट शासक है ये भी काफी महत्वपूर्ण शासक हैं इनके बाद में आते हैं ये है रणमल के पुत्र ठीक है राव जोधा रणमल के पुत्र हैं ये देखिए मैंने आपको बताया कि रणमल की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है कुंभा के द्वारा कर दी जाती है अब क्या होता है कि जब रणमल की मृत्यु हो जाती है तो कुंभा के द्वारा राव राणा चूंडा की सहायता से मंडोर पर अधिकार कर लिया जाता है मंडोर जो है मारवाड़ की राजधानी है और तो उस पर अधिकार कर लिया जाता है अब क्या होता है कि जो राव जोधा है जो रणमल का जो पुत्र है उसको वहां से भागना पड़ता है मंडोर से तो एक काहूनी गांव है बीकानेर के पास। वहाँ पर जाके राव जोधा है उसको शरण लेनी पड़ती है ये पुने अपनी सेना को गठित करके और अपने सामंतों की सहायता से मारवाड़ पर मंडोर पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं लेकिन क्या होता है इनकी कोशिश कामयाब नहीं होती है ठीक है लेकिन हंसाबाई जो हैं, उनकी सहायता से आपको मैंने बताया था कि इनके मध्य राव जोधा और राणा कुंभा राणा कुंभा के मध्य मतलब जो मनमुटाव होता है उसको एक संधि के द्वारा क्या कर दिया जाता है दूर कर दिया जाता है किसकी सहायता से हंसाबाई जो है उनकी सहायता से क्योंकि तो ये मंडोर पर अधिकार उनका है देखिए कुंभा का अधिकार हो गया है वहाँ पे और ये राव जोधा है जो मंडोर को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें क्या है एक तरह से बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहा है कश्मकश हो रही है एक तरह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो इस समय क्या होता है कि हंसाबाई जो क्या करती हैं उनके द्वारा एक संधि का प्रस्ताव रखा जाता है उस संधि का नाम आपको बहुत याद रखना है उसे कौन सी संधि रखी गई थी देखिए आवल बावल की संधि इसमें क्या है इनकी सीमा का निर्धारण कर दिया गया था कि आंवले के जितने पेड़ हैं वहां पर तो मेवाड़ का शासन रहेगा बबूल के जितने पेड़ हैं वहां तक जो है मारवाड़ का शासन रहेगा तो इस तरीके से आवल बावल की संधि के नाम से जाना जाता है किसकी सहायता से क्या हुआ था जो ये संधि हंसाबाई की सहायता से हंसाबाई की सहायता से वो इन दोनों में क्या जो मनमुटाव है उनको खत्म करती है ठीक है इस संधि के नाम से जाना जाता है ध्यान रखिएगा ये आवल बावल की संधि महत्वपूर्ण है और किस किस के मध्य हुई थी ये भी पूछा जा सकता है राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य में हुई थी ठीक है इस ऐसा माना जाता है कि अगले पंद्रह वर्षों तक कितने वर्षों तक अगले पंद्रह सालों तक पंद्रह वर्षों तक मतलब जो मारवाड़ है और मेवाड़ के संबंध इस संधि के माध्यम से बहुत अच्छे रहे थे और राव जोधा की पुत्री जो है श्रृंगार देवी क्या नाम है उनका श्रृंगार देवी श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल इसी संधि के अंतर्गत कर दिया जाता है राव जुदा की पुत्री श्रृंगार देवी ठीक है और रायमल जो है कुंभा के पुत्र इस प्रकार ये अब मारवाड़ और जो मेवाड़ में जो संघर्ष हो रहा था वो खत्म हो जाता है इस संधि के माध्यम से तो ध्यान रखिएगा राव जोधा के समय में ये संधि हुई थी इन्होंने ही 1459 में जोधपुर जोधपुर नगर बसाया ठीक है एक नया नगर बसाया कौन सा अपने ही नाम पर राव जोधा ने एक नया नगर बसाया जिस आ, किस नाम से जाना गया जोधपुर जो वर्तमान में जोधपुर हम देखते हैं ठीक है तो ये आपसे पूछ सकते हैं ये डेट भी पूछा जा सकती है चौदह में जोधपुर नगर बसाया गया था राव जोधा के द्वारा यहां पर इन्होंने एक पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक चिड़िया टूक पहाड़ी देखिए चिड़िया टूक पहाड़ी, पहाड़ी पर एक मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग का भी निर्माण राव जोधा के द्वारा ही करवाया गया था यह पूछा जाता है कौन सी पहाड़ी पर है एक दो पेपर में पूछा भी गया है जो राजस्थान के जो अपने जो राजस्थान के जो जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछा भी गया है किसी एक पेपर में कि कौन सी पहाड़ी पर बनाया गया है ये मेहरानगढ़ दुर्ग तो ये आप ध्यान रखिएगा जोधपुर नगर कब बसाया गया था 1459 में चौदह में बसाया गया था किसने बसाया था राव जोधा ने बसाया था और चिड़िया नामक पहाड़ी पर चिड़िया जो है पहाड़ी है वहीं पर मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया गया था बनाया निर्माण करवाया गया था मेहरानगढ़ दुर्ग का ठीक है तो राव जोधा के विषय में सिर्फ इतना ही यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा अवल बावल की संधि हुई इनके समय में किन राव जोधा और राणा कुंभा के समय में राणा कुंभा के द्वारा राणा कुंभा के साथ में हुई और श्रृंगार देवी अब जो अपनी पुत्री का विवाह इनके द्वारा करवाया गया रायमल के साथ में ठीक है तो ध्यान रहेगा इतना अब इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक है वो है राणा गा, राव गागा देखिए इनके बारे में एक चीज और पूछी जा, देखी जाती है कि इन्होंने राव की उपाधि धारण की थी सर्वप्रथम राव की उपाधि किसने धारण की थी मारवाड़ में तो ध्यान रखिएगा जो राव की उपाधि जो धारण की थी वो राव चूंडा ने की थी मैंने आपको बताया नहीं था उसमें तो राव चूंडा ने सर्वप्रथम राव की उपाधि धारण की ठीक है ठीक है राव चूंडा ने सबसे पहले राव की उपाधि धारण की थी ठीक है उसके बाद से ही सब अपने आप में जैसे राव लगाने लग थे ठीक है जैसे राव जोधा और राणा की उपाधि जो सबसे पहले मेवाड़ में किसने धारण की थी आप बताइए मुझे मैं आपको पढ़ाया हुआ है ठीक है इसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक है वो है राव गागा। जो राव गागा से पहले भी दो शासक आते हैं शीतल और सुजा। राव शीतल और सुजा जो राव जोधा के जो पुत्र थे उनके बारे में इतना महत्वपूर्ण नहीं हम देखते हैं लेकिन अगर महत्वपूर्ण शासक के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो आएगा राव गागा इनके बाद में राव जोधा के बाद में राव रावघागा याद हैं देखिए ऐसा माना जाता है कि राव गागा ने जो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और महाराणा सांगा के बदे अपनी उनकी सहायता के लिए खानवा के युद्ध में सहायता के लिए अपने पुत्र मालदेव को भेजा था रावगा के द्वारा तो ध्यान रखिएगा रावगा ने खानवा के युद्ध में सहायता की थी सहायता की राणा सांगा को देखिए एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि खानवा खानवा के के युद्ध में, के युद्ध में, में किस मारवाड़ के किस शासक ने राणा सांगा की सहायता की तो उसमें दो ऑप्शन थे देखो मालदेव भी था इन्होंने किसको भेजा राणा गागा सॉरी राव गागा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा ठीक है तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने सहायता की तो अब ऑप्शन में तो मालदेव भी था और राव राहबागा भी था देखिए क्वेश्चन क्या था कि खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने मारवाड़ के किस शासक ने राणा सांगा की सहायता की तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे राव गागा आएगा या मालदेव आएगा तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा गागा ने क्योंकि शासक कौन थे उस समय गागा थे पुत्र को भेजा था सहायता करने के लिए ठीक है और मालदेव गया था अगर पुत्र आता है सहायता करने के लिए कौन गया था तो मालदेव आएगा आंसर लेकिन वहां पूछा गया था कि शासक का नाम तो उस समय शासक कौन थे तो राव गागा आंसर आएगा उसमें तो इस तरह के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपको ध्यान से पढ़ना है जब भी हम एग्जाम करते हैं तो उसको क्वेश्चन में कई बार हमारा आंसर होता है तो जो हमारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़े तो हम आंसर दे सकते हैं ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये आएगा आंसर तो खानवा के युद्ध में सहायता दी थी राणा सांगा को ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा अफीम खाते थे ठीक है और एक बार ये महल की आ, खिड़की से बाहर देख रहे थे तो वहाँ पर ही इनको मतलब एक तरह से बेहोश हो गए और वहाँ उस खिड़की से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई मतलब कैसे ऐसा माना जाता है कि अफीम खाने से इनकी मृत्यु हुई और अब वो कारण तो कुछ नहीं है लेकिन इतिहासकार ज्यादातर यही मानते हैं कि अफीम खाने से जो है महल की खिड़की की तरफ वो देख रहे थे वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ से वो बेहोश हो गए और उनकी मृत्यु हो गई इनके विषय में सिर्फ इतना ही है और उनके बाद में अब इनका सिर्फ इतना ध्यान रखेगा कि खानवा के युद्ध में इन्होंने सहायता की दी और अफीम खाने से इनकी मृत्यु हो गई थी ठीक है इनके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक है वो है मालदेव देखिए मालदेव जो हैं इनके बारे में बहुत उपलब्धियाँ इन्होंने प्राप्त की हैं मारवाड़ के इतिहास में इनका काफी नाम है जैसे मारवाड़ का मालदेव को हसमत वाला राजा भी बोला जाता है मालदेव जो है नेक्स्ट शासक जो है इनके पुत्र हैं जो राणा गागा के राव गागा के पुत्र हैं तो इनको क्या बोला जाता है हसमत वाला राजा हसमत वाला राजा इनका नाम है देखो पूछ सकते हैं पेपर में कि हसमत वाला राजा के नाम से किसे जाना जाता है तो हसमत वाला जो राजा है वो कौन कहलाएगा मालदेव को हसमत वाला राजा के नाम से जाना जाता है अब मालदेव के समय में देखिए इन्होंने ये जो मालदेव थे ना जो ये काफी महत्वाकांक्षी थे ये अपने साम्राज्य को बहुत अधिक मतलब विस्तार करना चाहते थे बढ़ाना चाहते थे तो इन्होंने क्या किया साम्राज्य विस्तार जब किया तो अपने सगे संबंधियों को भी मतलब इन्होंने नहीं छोड़ा मतलब उनके राज्य पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया इससे इन्होंने बीकानेर पर भी जो सी थे उनको हराया था ठीक है एक तरह से हम आपको आगे बताऊंगी कि किस तरीके से ये कनेक्टेड है जोधपुर और बीकानेर ठीक है बीकानेर मेरता नागौर जितने भी मतलब ऐसा माना जाता है कि इनके समय में सिर्फ दो ही ऐसे दो इलाके थे इनके पास दो प्रदेश थे लेकिन इन्होंने साम्राज्य विस्तार करके उनको असंख्य सहायता में असंख्य की जो है संख्या में बढ़ा लिया था बहुत संख्या में बढ़ा लिया था तो ध्यान रखिएगा इनकी साम्राज्य विस्तार की नीति साम्राज्य विस्तार नीति द्वारा मारवाड़ का विस्तार किया ठीक इस है इसमें से नागौर है मेड़ता है सिवाना है एक जगह है भाद्राजून भी है एक जगह ठीक है बीकानेर है ऐसे बहुत सारे जो प्रदेश हैं, इन्होंने जीत कर क्या किया था अपने मारवाड़ में मिला लिया था जोधपुर में मिला लिया था ठीक है इनके समय में शेषाहूरी का जो है मारवाड़ पर जोधपुर पर क्या आक्रमण हुआ था तो ध्यान रखिएगा एक युद्ध हुआ था गिरिसामेल का युद्ध तो ये काफी महत्वपूर्ण युद्ध है इसका हमें याद रखना है गिरिशामेल का युद्ध ये हुआ था पंद्रह सो चौवालीस में गिरिशामेल का युद्ध किसके मध्य में हुआ था शेषा सूरी और मालदेव देखिए शेरशाह सूरी जो थे वो क्या है कि हुमायूं था मैंने आपको बताया था कि बाबर जो है मुगल राज्य की स्थापना की थी बाबर ने उसके बाद में हुमायूं शासक बनता है बाबर का जो पुत्र है उसके बाद में हुमायूं को हराने के बाद में शेरशाह सूरी जो है दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लेता है दिल्ली का शासन सत्ता मतलब उसके हाथ में आ जाती है फिर इसके बाद में क्या करता है शेरशाह सूरी के द्वारा जो है मारवाड़ पर या जोधपुर पर क्या किया जाता आक्रमण किया जाता है इस युद्ध जब ये युद्ध होता है गिरी सामेल का इसे जेतारण का युद्ध भी बोला जाता है इस जेतारण नाम जगह में हुआ था देखिए ध्यान रखिएगा जेतारण जेतारण का युद्ध और गिरी सामेल का युद्ध दोनों एक ही हैं ठीक है ठीके? तो शेरशाह सूरी द्वारा जोधपुर पर जब आक्रमण किया जाता है तो बड़ी ही कठिनाई से जो इस युद्ध में जो विजय होती है वो शेरशाह सूरी की होती है ऐसा माना जाता है कि मालदेव जो है मालदेव को भ्रमित किया जाता है इस युद्ध में जो मैंने आपको बताया कि जो बीकानेर का जो एक शासक है राव जेतसी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे राव जेतसी जब बीकानेर पर अपना शासन स्थापित कर लिया जाता है मालदेव के द्वारा तो जो राव जेतसी है वो जाता है शेरशाह सूरी के पास में कि इस तरीके से मालदेव ने मेरे राज्य को हत्या लिया है आप मेरा जो बीकानेर राज्य है आप मुझे वापस दिलाइए ठीक है तो शेरशाह सूरी को क्या है एक बहाना मिल जाता है जोधपुर पर आक्रमण करने का के लिए ठीक है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो शेरशाह सूरी है उसको बड़ी कठिनाई हुई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बड़ी कठिनाई हुई जोधपुर को जीतने के लिए तो उसने एक तरकीब की कि शेरशाह सूरी ने राव जेत के, के कहने पर कि हम इस तरीके से जीत नहीं सकते अगर युद्ध किया जाए तो हम युद्ध आसानी से नहीं जीत सकते हम कुछ छल कपट करते हैं क्या हुआ राव जेतसी जो था मालदीव के एक सेना नायक थे जेता एक और थे कुपा ठीक है इन दोनों को क्या भिजवाया एक संदेश भिजवाया एक पत्र भिजवाया जेता को क्या बोला कि मैं आपको बीस हजार रुपये दे देता हूं किसने बोला राव जेतसी ने तो आप मेरे लिए क्या खरीदो कंबल खरीदो बीस हजार रुपये बीस हजार रुपए भेजता हूं आप मेरे लिए कंबल खरीदो ठीक है एक तरह से ये है मैं आपको बताती बीस हजार रुपये एक पत्र भेजा और पैसे भी भेजे कि आप मेरे लिए सिरोही की तलवार खरीदो ठीक है अब एक और संदेश मालवा के जो ये सॉरी मालदेव है उसे भी भेजा गया कि आपकी सेना के जो भी सेनानायक है सेनापति हैं आपको धोखा देंगे कि उन्होंने तो रिश्वत ली है अब इनको पता ही नहीं है कि इस तरीके का जो पैसे भिजवाए गए हैं इनको इनको पता ही नहीं है और ये एक तरह से छल कपट कर रहे हैं इनके साथ तो मालदेव जब देखता है कि जब जेता के जो शिविर में जाता है देखता है हाँ वास्तव में पैसे होते हैं लेकिन जेता को पता ही नहीं होता इनको यही नहीं पता कि जो है जेसी द्वारा या शेर सूरी द्वारा इनके साथ छलकपट किया जा रहा है तो मालदेव को भी ये संदेश जब मिलता है कि आपके जो सेनानायक है आपके जो सेनापति हैं जितने भी लोग हैं आपके सैनिक लोग हैं वो क्या है आपको युद्ध करेंगे जब आप क्या है वो आपको धोखा देंगे इस कारण क्या होता है कि जो मालदेव हैं उसको अपने जो सेनापति हैं या सैनिकों पर क्या हो जाता है अविश्वास हो जाता है कि वो सोचता है कि अब इस युद्ध को करने से कोई फायदा ही नहीं है ठीक है तो देखिए जो शेरशाह सूरी और राव तरह जो चाल चली गई थी वो काम कर जाती है ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे पत्र भेजे गए थे झूठे जाली पत्र भेजे गए थे कुछ जगह ऐसा भी आता है ऐसा लिखा जाता है ठीक है इतिहासकारों ने काफी कहानियां बताई हैं तो ऐसा ही माना जाता है कि छल कपट से ही युद्ध जीता गया था अगर डायरेक्टली अगर सामने से है तो शेषाह युद्ध को नहीं जीत सकता इसी कारण शेरशाह ने एक वाक्य कहा है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता तो ये जो जो कथन है कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया और किस युद्ध के लिए कहा गया तो मालदीव के साथ जो शेरशाह सूरी का जो युद्ध हुआ था गिरी सामेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध हुआ था तो उस समय शेरशाह सूरी के द्वारा ये बात कही गई थी तो ये बात इसीलिए कही गई होगी क्योंकि इसे बहुत कठिनाई हुई छल कपट के द्वारा इसने ये युद्ध अंत जीत लिया था अब मैंने आपको बताया कि जब मालदेव को अविश्वास हो जाता है तो अपनी आधी सेना को लेकर आधी सेना के आधे सैनिकों को लेकर यह जोधपुर से चला जाता है युद्ध से पूर्वी और चेता और जो कूपा हैं, और जो इन पर यह इल्जाम लगाया जाता है मालदेव द्वारा तो उसको मतलब सिद्ध करने के लिए जेता और कुपा जो है वो युद्ध लड़ते हैं वो वहीं डटे रहते हैं मालदेव की तरह जो छोड़कर नहीं जाते हैं और जेता और कुपा कुपा जो है वीरगति को प्राप्त होते हैं तो एक तरफ पूछा भी गया है कि जेता और कुपा जो है उनका संबंध किस युद्ध से है तो गिरिश शामेल के युद्ध से है ध्यान रखिएगा मैंने आपको पहले पढ़ाया था जैमल और पत्ता का संबंध है इस तरीके से ये सेनानायक के बारे में पूछा जाता है गोरा और बादल का जो है संबंध किससे है ठीक है तो आप देख लीजिएगा पुरानी वीडियो तो चेता और कुपा जो थे मालदेव के सेनापति थे इस युद्ध में आ, जो है इसमें हार होती है मालदेव की और जेता और कूपा जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं ठीक है ठीके? तो ध्यान रखिएगा गिरिश शामेल का युद्ध पंद्रह ईस्वी में हुआ था शेषाहूरी और मालदेव के मध्य जेता और कुपा पीरगति को प्राप्त हुए छल कपट के द्वारा ये युद्ध जीता गया था और ये जो कहावत है जो शेषाहूरी द्वारा कही गई थी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बातचाहत खो देता तो इसको भी ध्यान रखिएगा किस युद्ध के लिए कही गई थी ठीक है तो गिरी शामिल युद्ध के लिए कही गई थी ठीक है और इसके बाद में एक और इनके बारे में आ, है आ, एक इनकी रानी थी रूठी रानी के नाम से फेमस है इनकी रानी जो है रूठी रानी ये रूठी रानी के नाम से एक और रानी है उमा देव पूछा जाता है नाम भी पूछ लिया जाता है जो मालदेव की जो रानी थी ये जैसलमेर की राजकुमारी थी जैसलमेर के लूणकर्ण लूणकर्ण की पुत्री थी ठीक है कहां के थे ये जैसलमेर के शासक ये उमादेव ऐसा माना जाता है कि जैसलमेर का जो शासक था वो मालदेव जो है, उनको मारने की योजना योजना बनाता है है तो इस योजना का जो लूणकर्ण की पत्नी जो है उनको पता चल जाता है किसी आ, किसी दूत के थ्रू जो भेजती है कि लूणकर्ण जो है मालदेव को मारने की योजना बनाता है जो उमादेव को यह संदेश पहुंचा जाता है तो इस तरीके से आ, फिर में जो मालदेव है और उमा दे है जो जैसलमेर की जो राजकुमारी हैं, उनके मध्य में एक तरह से एक मनमुटाव हो जाता है गुस्सा हो जाती हैं, रूठ जाती हैं कि जो है जो जैसलमेर का शासक लूणकर्ण है जो उनकी हत्या का जो एक तरह से योजना बना रहा है तो इस कारण से मालदेव जो है मालदेव से जो है इनकी जो रानी है उमा वो रूठ जाती है और ये रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है तो ध्यान रखना कि मालदेव की रानी जो है रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है उनका नाम है उमादेव ठीक है इसके बाद में इनको तारागढ़ अजमेर में गठबिडली जिसे कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग है जिसे गठ भी कहा जाता है उस दुर्ग में इनको रखा जाता है फिर बाद में जब शेर सूरी जब अजमेर पर आक्रमण करता है तो इनको वापस वहाँ से बुलाया जाता है ईश्वरदास की सहायता से ये वहाँ से नहीं आती है लेकिन आ, ऐसी स्थिति होती है काफ़ी समझाने के बाद में इनको वहाँ से लाया जाता है अजमेर के जो गठबिडली जो तारागढ़ का जो दुर्ग है वहाँ से लाया जाता है लेकिन ये क्या है जोधपुर में नहीं पहुंच पाती क्योंकि जोधपुर की रानियों या रानियां हैं जो उनको वो नहीं चाहती थी जो अन्य रानियां हैं जो मालदेव की वो नहीं चाहती थी कि उमादेव जोधपुर में आए तो वो क्या करती है वहाँ से एक और दूसरी जगह में चल जाती है और जब मालदेव की जब मृत्यु हो जाती है और उस जगह पर ही वहाँ पर वो सती हो जाती है तो इनकी सिर्फ इतनी कहानियाँ आपको ध्यान रखनी है कि रूठी रानी के नाम से इनका ये फेमस है उमादेव ठीक है अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई कि हाँ हुमायूं जब है हार जाता है हुमायूं के विषय में देखो हुमायूं की सहायता की जाती है मालदेव के द्वारा ठीक है हम मालदेव ही पढ़ रहे हैं ना ठीक है तो हुमायूं की सहायता जो है मालदेव के द्वारा मतलब की नहीं जाती है एक्चुअली ये हुमायूं सहायता मां, मांगता है हुमायूं जो है शेरशाह सूरी से हार जाता है जब शेरशाह सूरी से जब हार जाता है तो एक वर्ष ये क्या भटकता रहता है इधर उधर ठीक है और वहां पर क्या होता है कि जब हुमायूं एक जगह है मारवाड़ में एक जगह है जोगी तीर्थ जोगी तीर्थ ये मारवाड़ की सीमा पर है ये जगह जोगी तीर्थ ध्यान रखेगा वहां पर हुमायू क्या है? पहुंचता है और क्या करता है मालदेव जो है उस समय शासक है वहां के जोधपुर के तो मालदेव से सहायता मांगता है ठीक है कि आप मेरी सहायता कीजिए मुझे रहने दीजिए इस तरीके से तो क्या करता है हुमायूं अपने कुछ दूतों को भेजता है ध्यान रखिएगा जोगी तीर्थ कहा है मारवाड़ की सीमा पर है मारवाड़ की सीमा पर पूछने पहुंचने के बाद में हुमायू जो है यहां पर पहुंचता है और अपने दूतों को मालदेव के पास भेजता है एक एक करके जो दूध जाते हैं एक दूध जाता है दो दूध जाते हैं और हुमायूं से बात करते हैं जो बात करते हैं मालदेव से जो दूध है और हुमायूं का आके एक बात कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि जो मालदेव है आपकी सहायता करना चाहता है मालदेव ऊपर ऊपर से तो मीठी बातें बोलता है लेकिन उसका हृदय जो है वो साफ नहीं है आप वो दूत जो हुमायूं के दूत हैं वो हुमायूं से कहते हैं कि आप मालदेव की सहायता ना लें क्योंकि मालदेव आपको बंदी बनाना चाहता है और शेषा सूरी को सौंपना चाहता है तो अब इस बात से क्या होता है हुमायूं जो है उसको शक हो जाता है मालदेव पर और ये अपनी छोटी सी जो सेना होती है इसके साथ में हुमायूं के साथ वहां से निकल लेता है ध्यान रखिएगा कि इस तरह ये जो घटना है जोगी तीर्थ जगह का नाम आपसे पूछा जाता है कहाँ पर है तो मारवाड़ की सीमा है ऐसा भी माना जाता है कि जब हुमायूं यहाँ से जा रहा था मारवाड़ की सीमा से तो मालदेव के जो सैनिक हैं इसका पीछा भी करते हैं बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि मालदेव जो है हमायूँ मंदिर नहीं बनाना चाहता था अब ये तो कुछ कहा जैसा इतिहासकार सोचते ही हैं क्योंकि मालदेव चाहता था कि हमायूँ है उसकी सीमा से चला जाए इसीलिए उसकी जो सेना है उसका पीछा करती है वहां से मालदेव की जब सेना जब हुमायूं लौट रहा होता है तो पीछा करती है इतिहासकारों का मानना है अलग अलग मतलब इतिहासकारों की मान्यता है लेकिन क, आ, आ, आखिरकार क्या होता है हुमायूं जो है मालदेव की सहायता नहीं लेता है और वहां से चल जाता है तो ध्यान रखिएगा जोगी तीर्थ कहाँ है ठीक है ये जोगी दीर्थ एक जोगी का एक यहाँ पे मंदिर है या मज है तो ध्यान रखिएगा जोगी तीर्थ के नाम से जानता मारवाड़ की सीमा पर है इतना ही ध्यान रखिएगा तो हुमायूं की सहायता नहीं की जाती है हुमायूं सहायता मांगता है लेकिन हुमायूं की सा... इस कारणवश हुमायूं को शक हो जाता है और ये मां से चल देता है ठीक है इसके बाद में देखिये मालदेव के विषय में और मैंने आपको बता दिया मालदेव जो है आ, इनकी उमादे हैं जो रौठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है और गिरी शामिल का इनका युद्ध हुआ था ध्यान रखिएगा इसको और जो हुमायूं की सहायता इन्होंने नहीं की थी ठीक है इसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक है अब ध्यान भी रखिएगा कि हु जो मालदेव है उसको हसमत वाला राजा भी बोला जाता है मालदेव जो है इनके द्वारा पुनः एक गलती कर दी जाती है जैसे चुंडा रे थी काना को बनाया था उत्तराधिकारी बल्कि जब रणमल का इस पे उत्तराधिकार का जो उस पर उसको नहीं बनाया था मालदेव के द्वारा अपनी रानी के कहने पर चंद्रसेन जो है चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है जबकि इनका जो ज्येष्ठ पुत्र था वो था राम ठीक है तो इनके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक आएंगे वो आएंगे चंद्रसेन ठीक है ठीक है चंद्रसेन के विषय में बहुत आ, इनको मारवाड़ का प्रताप भी बोला जाता है हम आगे पढ़ते हैं जब आपको बताऊंगी चंद्रसेन जो है शासक बनते अब क्या होता है जब चंद्रसेन जो है शासक बन जाते हैं तो अब इनका जो बड़े भाई हैं जो राम है इनसे इनका एक युद्ध भी होता है साथ में उदयसिंह भी होते हैं वो भी एक और जो इनके भाई हैं उनके साथ भी इनका युद्ध होता है जो उत्तराधिकार को लेके मतलब राज्य को लेके उसको बोला जाता है का युद्ध लोहावाट का युद्ध होता है तो ऐसे युद्ध पूछ भी लिए जाते हैं आप ध्यान रखिये लोहा का युद्ध राम और उदय सिंह की संयुक्त सेना और क्या है चंद्रसेन के मध्य जिसमें क्या होता है चंद्रसेन विजय होता है देखिए इनके समय में एक घटना होती है चंद्रसेन के समय में देखो ये युद्ध तो चलता रहता है और ये आ, जो है राम और जो उदय सिंह है ये क्या करते हैं जो दिल्ली के जो तख्त है उस पे अकबर का शासन हो जाता है शेषा के जो उत्तराधिकारी चले जाते हैं उसके बाद में अकबर हुमायूं का जो पुत्र है अकबर शासक बनता है तो अकबर के पास चले जाते हैं ये और अकबर जो है नागौर दरबार लगाता है पंद्रह में पूछा जाता है कब लगाता है यह दरबार नागौर दरबार नागौर में एक जगह है 1570 जो ये सन है आपको ध्यान रखना है नागौर दरबार किसके द्वारा लगाया जाता है अकबर के द्वारा ठीक है तो जब इस युद्ध में ये हार जाते हैं दोनों राम और उदय सिंह तो ये अकबर के पास चले जाते हैं तो अकबर को भी अब क्या है जो जोधपुर है जो मारवाड़ है उसके जो उत्तराधिकार का जो युद्ध चल रहा होता है मतलब उसमें हस्तक्षेप करने का एक तरह से बहाना भी मिल जाता है अकबर को अकबर चाहता है अपने साम्राज्य की जो है विस्तार करना चाहता है हर क्षेत्र में ठीक है अब देखिए अब जब 1570 में क्या होता है ऐसा बहुत सारे जितने भी राजपूत शासक हैं वो क्या कर लेते हैं अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं जैसे बीकानेर का कल्याणमल है और एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित होता है जो पहला जो वैवाहिक संबंध जो स्थापित होता है वो होता है आमेर के कछुआहा वंश के राजा के मध्य में होता है जो उनकी अपनी जो पुत्री है चौधा के नाम से जो प्रसिद्ध हैं उनके उनका विवाह कर दिया जाता है हरखाबाई के नाम से जाना जाता है जोधाबाई तो के नाम से भी अब देखो बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं जोधाबाई जो है आमेर की थी या जोधाबाई जोधपुर की थी तो ये हमारा विषय नहीं है अभी पढ़ने का तो ध्यान रखिएगा हरखाबाई से विवाह होता है आमेर का जो जो शासक है अपनी पुत्री का विवाह किससे भारमल जो है अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करता है पहला जो शासक है जो वैवाहिक संबंध होते हैं मुगल जो साम्राज्य से मुगल बादशाह से वो पहला अगर आपसे पूछा जाए तो यही आएगा तो इस नागौर दरबार में अकबर के द्वारा क्या करते हैं बहुत सारे राजा यहां पर उपस्थित होते हैं राजपूत शासक यहाँ पर आते हैं और अकबर की अधीनता को स्वीकार करते हैं माना जाता है कि चंद्र जो है वो भी इस नागौर दरबार में पहुंचते हैं और चंद्र क्या है भली भांति एक बात को समझते हैं कि जो अकबर है अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहा है एक राजा को दूसरे राजा के विरुद्ध खड़ा करता, है ठीक है और अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है तो इस कारण से जो चंद्रसेन है वहाँ से चल चले जाते हैं और अकबर की जो अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं राम और जो उदय सिंह है वो अकबर के अधीन ही रहते हैं और राम और उदय सिंह को एक सेनापति बना दिया जाता है और उनको जो कंधार है इन जो अभियानों में लगा दिया जाता है ठीक है अब जो चंद्रसेन है वहां से निकल जाते हैं और एक भद्राजून क्योंकि जोधपुर जो है इस समय जो है चंद्रसेन से छीन लिया जाता है ठीक है अकबर के द्वारा तो 1570 सौ तक जो है बीकानेर के शासक हैं वो जो जोधपुर का जो राजकार्य संभालते हैं तो वैसे तो अगर माना जाए तो अकबर के अंडर में होता है लेकिन जो बीकानेर का जो शासक है उसको अकबर के द्वारा दे दिया जाता है वो राजकार करने के लिए तो बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि जो अकबर के द्वारा जोधपुर पर अधिकार कर लिया जाता है और चंद्रसेन जो है वो कहाँ चले जाते हैं भाद्राजून भाद्राजून जो है वहाँ पे चले जाते हैं तो वहां से क्या करते हैं कि अकबर का जो है अधीनता को स्वीकार नहीं करते तो यहाँ पर जाके अकबर के जो मुगल सेना है उससे लड़ाई मतलब जो युद्ध है वो संघर्ष है वो जारी रखते हैं यहाँ पर भी जो मुगल सेना है भद्राजून से पहुंच जाती है मुगल सेना जो अकबर की जो सेना है वो पहुंच जाती है और भद्राजून से भी इनको जो चंद्रसेन को निकाल देती है फिर ये चले जाते हैं सिवाना सिवाना चले जाते हैं मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ की जो महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप हैं उनकी जो संकटकालीन राजधानी क्या है वो है चावंट इसी प्रकार से सिवाना जो है मारवाड़ के प्रताप कहे जाने वाले चंद्रसेन की संकटकालीन राजधानी है ध्यान रखिएगा संकटकालीन राजधानी यहां से रहकर ये मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं चंद्रसेन और अपनी मृत्यु पर तक ये अकबर के अधीनता को स्वीकार नहीं करते जैसे मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के द्वारा नहीं की गई थी ठीक है तो ध्यान रखिएगा उधर तो है चावंड जो संकटकालीन राजधानी है मेवाड़ के महाराणा प्रताप की और यहां पर चंद्रसेन जो है वो है सिवाना है सिवाना जो है संकटकालीन राजधानी है चंद्रसेन की ध्यान रखिएगा ठीक है यहाँ पर भी आ, जो मुगल सेना है आती है और अधिकार कर लेते हैं फिर ये एक और जगह चले जाते हैं मेड़ता चले जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं पहाड़ियों में घूमते रहते हैं जिस प्रकार जैसे अगर हम महारणा प्रताप की बात करें तो इस प्रकार से ही इनका जीवन दर्शाया गया है मतलब तो इस तरीके से ही इनका भी जो है जीवन का संघर्ष होता है मुगल सेना के साथ लड़ते ही रहते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ से भी चल क्या होता है मुगल सेना का इस क्षेत्र में भी अधिकार हो जाता है फिर एक पोकरण जो जगह है पोकरण पोकरण को इन जो है इनके द्वारा बेच दिया जाता है क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है युद्ध करते करते पोकरण को जैसलमेर के जो भाटी हैं भाटी वंश के जो राजा हैं उनको ये पोकरण बेच देते हैं एक लाख रुपए में पोकरण बेच दिया जाता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाता है चंद्र के द्वारा में ठीक है ध्यान रखिएगा तो ध्यान ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसको बेचा था वाकरण तो जैसलमेर के भाटियों को बेचा था और कितने में बेचा था एक लाख रुपए में बेचा था अब ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों के बारे में ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछे भी जा सकते हैं ठीक है और सिवाना जो है संकटकालीन राजधानी थी चंद्र की ध्यान रखिएगा ठीक है अब यहाँ पर यहाँ से एक और जगह है ये चले जाते हैं ये सिंचाई अंततः यहाँ पर एक जगह है ये सिंचाई गाँव है यहाँ पर पहुंच जाते हैं ये युद्ध करते रहते हैं निरंतर वहां से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं और ठीक है और जो मुगल सेना इनका पीछा करती रहती है अंत में एक जगह है सिंचाई सिंचाई गांव में होते हैं और यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है सिंचाई गांव में इनके क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है ऐसा माना जाता है कि इनके एक सामंत थे वैर साल या वैर उनके द्वारा उनके द्वारा इनको विष दे दिया जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है ठीक है ये ए, किसी मतलब किसी सामन से मिल मिल जाते हैं और उनके द्वारा इनको मृत्यु उनकी मृत्यु हो जाती है विष से इनकी मृत्यु हो जाती है कौन से जगह पे होती है इनकी मृत्यु तो ध्यान रखिएगा सिचियाई गांव जो है वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है इस प्रकार ये अपने जीवन काल में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते और इनको एक भूला बिसरा क्या बोल जाता है इनको भूला बिसरा नायक भूला बिसरा नायक मारवाड़ का भूला बिसरा नायक और मारवाड़ का प्रताप ठीक है तो ध्यान रखेगा मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है चंद्रसेन को कहा जाता है तो मारवाड़ का प्रताप ठीक है और मारवाड़ का भूला बिसरा भूला बिसरा नायक तो ध्यान रखेगा किसको कहा जाता है चंद्रसेन को कहा जाता है ठीक है यहाँ पर ये खत्म हो गया इसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है इनके बाद में जो महत्वपूर्ण जो शासक है वो है उदय सिंह उदय सिंह जो है इनको मोटा राजा उदय सिंह माना जाता है कहा जाता है मे भी मुझे सकता है इनका शरीर काफी हस्तपुष्ट होगा इसलिए इनको मोटा राजा के नाम से जाना जाता है उदय सिंह मोटा राजा उदय सिंह इनकी मृत्यु के बाद में जो है शासक जो बनते हैं मोटा राजा उदय सिंह चंद्रसेन के बाद में ठीक है अब यहां पर देखिए जो उदय सिंह जो है ऐसे पहले शासक हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो ध्यान रखिएगा वो है मोटा राजा उदय सिंह तो इन्होंने क्या की थी मुगलों की अधीनता मुगलों की अधीनता स्वीकार तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है पहला शासक है जिन्होंने सबसे पहले मुगलों के अधीनता स्वीकार की थी तो है मोटा राजा उदय सिंह का नाम आता है ठीक है और इन्होंने अपनी पुत्री पुत्री का विवाह ठीक है तो जोधाबाई के नाम से जाना गया बाद में जोधाबाई पुत्री जोधाबाई का विवाह से किया था सलीम अकबर के पुत्र जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए ठीक है जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए उनसे किया गया था इनको इनके जो है अपने खुर्रम का नाम सुना होगा खुर्रम मैंने आपको बताया था मेवाड़ और मुगल की संधि में जो खुर्रम जो है इन्हीं जो है सलीम और, और जोधाबाई के जो पुत्र है वो खुर्रम है जो के नाम से जाने गए तो ध्यान रखेगा उदय सिंह जो है उदय मोटा राजा उदय सिंह जो है उनकी पुत्री थी जोधाबाई जो, जो पुत्र है तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया जो है सलीम के साथ में जहांगीर के साथ में किया जो आगे जहांगीर के नाम से जाने गए और सबसे पहले इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो ठीक है इनके बारे में सिर्फ इतना ही इसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक हैं, वो है सूर सिंह इनको अकबर के द्वारा सवाई की उपाधि धार दी गई थी ध्यान रखेगा इनके बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यही आएगा कि आ, अकबर के द्वारा सवाई की उपाधि दी गई थी इनको सूर सिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी किनके द्वारा दी गई थी आ, अकबर के द्वारा गई थी इनके विषय में सिर्फ इतना ही आता है ठीक है इसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो शासक आता है वो है गज सिंह गज सिंह शाजा के द्वारा जा के द्वारा इनको महाराजा की उपाधि दी गई थी ध्यान रखिएगा अब ये उपाधियां आपको ध्यान रखनी है इसके बाद तो महाराजा की उपाधि दी, दी गई थी इनको गज सिंह को ठीक है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि इनको दी गई थी जहांगीर के द्वारा दल थम्मन दल थम्बन की उपाधि दी गई थी इनको जहांगीर के द्वारा तो यह आपको याद रखना यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दल थम्बन का मतलब होता है फौज को रोकने वाला या सेना को रोकने वाला फौज को रोकने वाला ठीक है तो ध्यान रखिएगा गज सिंह जो है उनको महाराजा की उपाधि दी गई थी शाहजहां के द्वारा और दल थम्बन की उपाधि दी गई थी वो दी गई थी, थी जहांगीर के द्वारा दल थम्बन का मतलब होता है फौज को रोकने वाला ठीक है तो इनकी वीरता से प्रसन्न होकर जहांगीर ने इनको जो है उपाधि दी थी क्योंकि जो जहांगीर के द्वारा इनको कंधार है काबुल है उसमें बहुत ज़्यादा जो है पश्चिमी प्रदेशों में बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे आक्रमण हो रहे थे और विद्रोह हो रहे थे पठानों के जो बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहे थे तो उनको जो है दल थंबन के द्वारा क्या किया गया था आ, मतलब बस, आ, आ, समाप्त किया गया था उनको रोका गया था तो इसी कारण इसकी वीरता से प्रसन्न होकर जहांगीर के द्वारा दलथम्बन की उपाधि दी गई थी जो है गज सिंह को ध्यान रखिएगा सवाई की उपाधि सूर सिंह को दी दी गई थी ध्यान रखिएगा सर से सवाई सर से अकबर के द्वारा दी गई थी जहांगीर के द्वारा दलथम्बन की उपाधि दी गई थी गज सिंह को लेकिन ध्यान रखिए किसको दी गई थी गज सिंह को ठीक है और जहांगीर के द्वारा दलथम्बन की उपाधि दी थी ठीक है इनके बारे में इतना ही है इसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक है वो है हमारे जसवंत सिंह जसवंत सिंह का नाम काफी महत्वपूर्ण है अगर मारवाड़ का हम इतिहास पढ़ते हम जसवंत सिंह राठौड़ ठीक है जसवंत सिंह देखिए गज सिंह के पुत्र थे ऐसा माना जाता है कि गज सिंह के ये छोटे पुत्र थे इनके एक और बड़े पुत्र थे जो गज सिंह के जो हम बात कर रहे थे गज सिंह है ना जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे गज जो है इनके पुत्र थे अमर सिंह ज्येष्ठ पुत्र थे ऐसा माना जाता है कि एक जसवंत सिंह की जो पासवान थी उनका नाम था अनारा सॉरी ऐसा माना जाता है कि गज सिंह की एक पासवान थी उसका नाम था अनारा जो अनारा थी वो जसवंत सिंह को जो गज सिंह के पुत्र हैं उसको बहुत पसंद करती थी ठीक है और इसी है के कहने पर जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया गया था गज सिंह की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र थे वो अमर सिंह ध्यान रखिएगा गज सिंह के जो ज्येष्ठ पुत्र है वो है अमर सिंह ठीक है अमर सिंह जो है जब इनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता ये ज्येष्ठ पुत्र है ध्यान रखिएगा ज्येष्ठ पुत्र तो क्या होता है अमर सिंह जो है शाहजा शाहजा के पास है है अब ये जाता तो क्या करता है? कि अब इनको नागौर है नागौर की जागीर दे देता है और अपने दरबार में रख लेता है अमर सिंह को ठीक है कौन शाहजा अपने दरबार में इनको एक अच्छा सम्मान देता है और नागौर की जागीर दे देता है ठीक है अमर सिंह को जो जसवंत सिंह है वो जोधपुर के ही शासक रहते हैं और जसवंत सिंह को स्वीकार कर लिया जाता है साजा के द्वारा जोधपुर का शासक जो गज सिंह ने भी उसको उत्तराधिकारी बनाया था अनारा के कहने पर ठीक है जो गज अनारा जो है जसवंत सिंह को काफी पसंद करती थी अमर सिंह को इतना पसंद नहीं करती थी इसलिए ऐसा माना जाता है बहुत सारी कहानियां है अगर मैं आपको कहानियां ही सुनाती रहूंगी तो हम आगे हम नहीं बढ़ सकते तो इतना हमको ध्यान भी नहीं रखना बस आपको तो बस थोड़ा शॉर्ट में ध्यान रखनी ये चीज कि इस तरीका ये हुआ अब यहाँ पर क्या होता है एक जो अमर सिंह के समय में एक मतीरे राड एक घटना है ये क्या है पूछा जाता है पेपर में ये मतीरे रिराड़ क्या है घट घटना का जो वर्णन कीजिए आप किससे संबंधित है तो अमर सिंह जो है नागौर के इनको जागीर दी गई अमर सिंह जो है इस समय जो है के दरबार में रहते हैं तो इनके जो है नागौर में नागौर में एक खेत है ठीक है नागौर की सीमा पर एक खेत है किसान का जो खेत है उसका जो है मतीरे की जो बेल लगी हुई है उस और वो क्या करती है बेल जो है बीकानेर की जो सीमा है जो आड़ है उसको मतलब वहां पर पहुंच जाती है मतलब जो बीकानेर की सीमा तक पहुंच जाती है वो जो बेल है मतीरे की ठीक है अब उस पर क्या लग जाता है जो सीमा को पार कर गई है जो बेल बेल जो पार कर गई है वहां पर क्या होता है तरबूज लग जाता है मतीरा लग जाता है तरबूज बोला जाता है मतीरे को ठीक है तो वहां पर मतीरा लग जाता है तो उसके स्वामित्व को लेकर बीकानेर और नागौर में क्या होता है झगड़ा होता है मतलब ये किसानों की बात होती है एक किसान के खेत की बात होती है एक तो बीकानेर का किसान होता है और एक होता है नागौर का किसान होता है ठीक है अब ये किसानों की बातें कहां पहुंच जाती है बीकानेर और नागौर दोनों के जो सैनिक होते हैं वहां तक पहुंच जाती है और ये झगड़ा बढ़ जाता है तो इसी का कारण जो मतीरा जो की है उस घटना को मतीरे की के नाम से जाना जाता है इस घटना का कुछ आ, आ, आ, ऐसा कुछ मतलब निष्कर्ष घटना हो रही है मुझे अपने नागौर जाना है मुझे आप अनुमति दीजिए शाहजहां से जो अवकाश प्राप्त करना था छुट्टी लेके जाना चाहता है अमर सिंह जो इस समय शाहजहा दरबार में है उसको छुट्टी नहीं मिलती है वहां से अब क्या करता है कि शाहजा के ही किसी दरबारी की क्या कर देता है हत्या कर दी जाती है अमर सिंह के द्वारा तो अमर सिंह को एक तरह से एक वीर नायक के रूप में देखा जाता है है ना इनके अम, अमर सिंह काव्य भी लिखा गया है बहुत सारे जो कि इन्होंने मतलब एक तरह से साहसी है कि इस शाहजहाँ के दरबार में रह के रहते हुए भी उनके जो बख्शी है उनके जो सामंत हैं उनकी हत्या कर दी जाती है इनके विषय में सिर्फ इतना ही आप ध्यान रखेगा कि मतीरे री राड़ थी और इन्होंने क्या कर थी शाहजहाँ के किसी सामंत की हत्या कर दी जाती है और फिर वहाँ से ये लौट आते हैं और फिर उनके बाद नहीं, आ, किसी में किसी युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है ठीक है अब जो नेक्स्ट शासक है हमारे वो है जसवंत सिंह जो महत्वपूर्ण है देखिए ये छोटे-छोटे कई स्टोरियाँ इस तरह से पूछ ली जाती है कि मतीरे रिराड़ का संबंध किस किस प्रदेश से है तो आपको दे दिए जाएंगे मारवाड़ दे दिया जाएगा इस तरह एक तरह से जोधपुर दे दिया जाएगा कुछ भी दे सकते हैं आपको जोधपुर दे देंगे बीकानेर दे देंगे दे दे दे दे दे, लेकिन हमारा ऑप्शन में क्या होगा आंसर क्या होगा बीकानेर और नागौर के मध्य में ये जो युद्ध होता ठीक है बीकानेर की जो सीमा है उस पर जो मैं आपको बताया है जो कहानी आपको पता ही है ठीक है अब जो नेक्स्ट शासक है वो है जसवंत सिंह तो जसवंत सिंह के विषय में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब तक के लिए इतना ही धन्यवाद ठीक है सूर सिंह